हेलो दोस्तों अगर आप इस वीडियो का उपयोग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और कमेंट जरूर करें और आप कॉपीराइट डिस्क्लेमर डिस्क्लाइमर अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दें इससे आपको कभी भी कॉपीराइट राइट क्लाइम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक की प्रॉब्लम नहीं होगी